मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मोदी सरकार के बजट की जमकर तारीफ की कमल पटेल ने कहा कि आजादी के अमृत काल में मोदी सरकार का ये बजट अमृत बजट है मध्य प्रदेश सरकार की के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की पी एम नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा इस बार जो बजट लाया गया है वो ऐतिहासिक बजट है आजादी के अमृत काल में मंथन करके सभी वर्गो के लिए विष छोड़ अमृत निकाला गया है इसीलिए यह अमृत बजट है साठ साल में देश की अर्थ को कांग्रेस ने पटरी से उतार दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भरसक प्रयास किया है। अब बुलेट ट्रेन की तरह देश विकास के पथ पर दौड़ेगा गरीबों को छत के लिए 66 प्रतिशत राशि इस बजट में बढ़ाई गई है जिससे 2024 तक हर गरीब को उसकी छत मिल जाएगी एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा जिससे पेस्टिसाइड और रासायनिक दवाओं से मुक्ति मिलेगी युवा और कर्मचारी जगत के लिए यह बजट अमृत है कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अमृत बजट के लिए बधाई दी आज वित्त मंत्री बहन सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट है आजादी का अमृत काल चल रहा है और इसलिए अमृत बजट है सभी वर्ग के लिए अमृत दिया है निकाला है मंथन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से जो काम 60 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आठ साल में किया कांग्रेस की सरकार रही 60 साल जिसने इस देश को पटरी से उतार दिया था उसको पटरी पर लाए और अब तेज गति से विकास जोड़ेगा बुलेट ट्रेन की तरह ये बजट भारत को तेज गति से आगे बढ़ाने वाला बजट है अमृत बजट है गरीब के लिए किसान के लिए महिलाओं के लिए युवाओं के लिए बुजुर्गों के लिए कर्मचारियों के लिए हर वर्ग के लिए अमृत बांटने वाला बजट है अमृत दिया है सभी का तेजी से विकास होगा विकास भी दो तो प्रकार का होता है एक होता है आधारभूत ढांचे का विकास एक होता है व्यक्तिगत विकास तो रोटी कपड़ा और मकान और सम्मान से जीने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया